तो मस्त रख देंगे साफ में तो आके ले जाएगा तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं हम अपने खेतों से तो आप सभी को मेरा प्यार भर नमस्कार मेरा नाम है देवेंद्र कुमार स्वागत है मेरा ही सेमरदरी गांव से जाना भी नहीं था तो मैं सोचा कहाँ से ब्लॉग बनाऊँ तो इसलिए मैं खेतों में आ गया और खेतों से ब्लॉग बना रहा हूँ ये जो खेत है इसमें पानी है और इसके जो ऊपर साइड जो ऊपर साइड वाला खेत है इसमें नहीं है पानी और इससे बस पानी है और इधर ये वाले खेतों में पानी है अब मेरे को देखना है उस साइड के वाले खेत में पानी है या नहीं वो पूरा भीग चुका है ये तो तो ये देखो ये पूरा भींग चुका है और इसको मैं थोड़ा पहुँच देता हूं और इसका जो जो माई है वो उस साइड है तो इसके माई की तरफ हम रख देंगे और इसको पहले छोटा सा हम यहां पे मस्त रख देंगे साथ में तो आके ले जाएगा तो चलिए इसको रख देते हैं पहले ये देखो पानी भर चुका है बांधा में पूरा वहाँ बांध है बड़ा सा और इसका पानी पूरा खेतों में भर जाता है तो मैं अभी अपने मोहल्ले में हूँ और अपने मोहल्ले से ब्लॉग बना रहा हूँ आप सभी के लिए तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मैं देवेंद्र कुमार आपके लिए लाता रहूँ कब खूबसूरत जगहों का ब्लॉग।